गाइस hey ये है पैसे रुपये जो कि मेरे पास है हंड्रेड रुपीज़ आप लोगों को बता दूँ ये है हमारा हंड्रेड रुपीज़ का नोट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को 100 का बैजिंग भी मिल जाएगा सो so, हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है पैसा और हम लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उस रेट पर हम कोई भी चीज़ बाई करते हैं कोई भी, भी गैजेट बाई करते हैं जिससे कि हम लोगों को अफोर्डेबल वो मिल नहीं जाता है और हम लोगों के यूज यूसे, यूज़ेबल भी हो जाता है तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसे फ़ोन जिस पर आप लोग फ्री फायर मैक जो भी आप लोग PUBG के लिए अच्छा खासा फ़ोन ढूंढ रहे हो या जो कहो बेटा ग्राउंड मोबाइल के लिए अच्छा खासा फ़ोन ढूंढ रहे हो तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा एक ऐसा स्मार्ट जो कि आप लोगों के लिए ऑलराउंडर है जिस पर आप लोग कोई भी गेम खेल सकते हो और आप लोगों को बता दूँ ये ओनली टेन थाउजेंड के अंडर में आएगा अगर आप लोग इसे तीन अक्टूबर अक्टूबर के बीच लेते हो तो आप लोगों को इनमें बहुत ही से आप लोग बाई कर पाओ सो so, वीडियो को हैं लेकर जिक्र मैंने आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर भी किया था जिस पर आप लोगों का अच्छा कसा रिस्पांस आया था यहाँ सिंपली क्लिक करके दिखा देता हूँ अब आप लोगों को इसमें इसमें क्या-क्या मिल तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पर आप लोगों को ड्रॉप नोट डिस्प्ले मिल जाता है जो कि थोड़ा सा ओल्ड है लेकिन अभी करंट जनरेशन के लिए सही है तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पर मैं आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ इस पर क्या क्या मिलता है हम लोगों को तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को फोर जी बी रैम और आप लोगों को सिक्सटी फोर का स्टोरेज मिल जाता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खासा हो जाता है प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को मीडिया टेक हिलियो का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि आप लोगों को अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस दिला देता है इस प्राइस रेंज में और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को कैमरा क्लैरिटी और कैमरा क्वालिटी भी आप लोगों को बहुत अच्छा खासा मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को फोर्टी एट और प्लस टू मेगा प्लस ए मिल जाता है जो कि आप लोगों को जो भी आप लोग फोटो क्लिक करते हो जिसमें आप लोगों को बोके इफेक्ट मिलता है जो आप लोगों के एआई लेंस से आप लोगों को मिलता है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो फ्रंट कैमरा की के बात करें तो आप लोगों को एट मेगापिक्सल का आप लोगों को फ्रंट कैमरा मिल जाता है डिस्प्ले की बात करें तो आप लोगों को सिक्स इंच का आप लोगों को बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है HD डी प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आप लोगों को इस प्राइस रेंज में थोड़ा सा बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर देता है इस डिस्प्ले के अंडर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अगर आप लोग अच्छी खासी कर गेमिंग करते हो अगर आप लोग लॉन्ग सेशन खेलते हो गेम्स खेलते हो तो यहाँ पर आप लोगों को छः हज़ार का बैटरी दिया है जो कि आप लोगों को टेन वॉट फास्ट चार्जर के साथ आप लोगों को मिल जाता है जो जिससे कि आप लोगों का फ़ोन दो से तीन घंटे में आराम से चार्जिंग हो जाएगा आप लोगों को फोर कनेक्टिविटी मिलेगी यहाँ पर डुअल सिम का ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल स्टोरेज मिल जाएगा यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे दी हैं तो तो आप लोग चाहो इसको और विजिट करके सजेशन बता दू सिक्स जीबीटी एट जीबी के साथ आता है लेकिन इसका फोर जीबी सिक्सटी फोर जीबी बहुत ही अच्छा प्राइस पर आया है यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं जिसके बाद आप लोगों को यहाँ पर प्राइस पता चल जाएगा आप लोग देख सकते हो नौ हज़ार छः पर आप लोगों को अच्छा खासा बड़ा डिस्प्ले और पंच होल के साथ आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाता है 4000 बैटरी बैकअप मिल जाता है आप लोगों को 4GB जी रैम और 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है अगर आप लोग इसको ऑफर पर लेते हो तो आप लोगों को लगभग यहाँ पर आप लोगों को 480 सौ का आप लोगों को कैश मिल जाता है अगर आप लोग ऑफर पर ख़रीदते हो और यहाँ पर आप लोग अगर एम में खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को तीन सौ का आप लोगों को पर मंथ आप लोगों को एम uh, मिल जाएगा लेकिन हाँ, लेकिन आप लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है आप लोगों को बता दो आप पूरा स्पेस दिखा देता हूं तो यहां पर आप लोग देख सकते हो 4GB जी बी का रैमरा सिक्सटी का रोम आप लोगों को मिल जाता है जो कि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था मिड Helio डे का प्रोसेसर मिल जाता है जो कि ऑक्टा कॉर प्रोसेसर टू गिगार्ड जो है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को रियर कैमरा या बैक कैमरा पर आप लोगों को सोलह दो और दो प्लस ए लेंस मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा खासा पिक क्लिक करता है यहाँ पर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल पिक्सल का कैमरा मिल जाता है और 6.8 इंचेस का आप लोगों को एच प्लस डिस्प्ले मिल जाता है जो कि आप लोगों को इन डिस्प्ले आप लोगों को कैमरा मिल जाता है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो 6000 हज़ार एम का बैटरी इसमें भी मिल जाता है जो कि आप लोगों को एटीन वॉट फास्ट चार्जर के साथ मिल जाता है जो यहाँ पर आप लोगों को मैंसन किया गया है तो यहाँ पर आप लोगों को फोर जी का सपोर्ट मिल जाता है डुबल सिम आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो एक्सटर्नल स्टोरेज है हेडफोन जैक है क्विक चार्जिंग है अगर आप लोग चाहते हो इस प्राइस रेंज में या आप लोग चाहते हो कि 9 से दस हजार के रेंज में आप लोग अच्छा खासा फोन बाई कर सको तो आप लोगों के लिए ये दोनों फोन बेस्ट हैं। अगर आप लोग दस हजार के अंडर में फोन खरीदना चाहते हो तो ये दोनों फोन जिसको मैंने बताया आप लोगों को Flipkart और Amazon पर जाकर वो दोनों आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खासा वैल्यू प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च न करना पड़े और आप लोगों को अच्छा खासा ब्रांड मिल जाए और आप लोगों को अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाए अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाए सब चीज़ मिल जाए आप लोगों को अच्छा खासा क्योंकि अभी करंट जनरेशन पर बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जो कि ओवरलोडेड हैं इसमें आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आप लोगों के इन ओवरलोडेड एप्लीकेशन और जो भी ओवरलोडेड सॉफ्टवेयर है उनको चला सकें तो so ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा और मेरा ये मोबाइल सजेशन दोनों मोबाइल आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेरंग घंटे को जरूर दबाना अगर आप लोगों का मन लगा अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा अगर मेरा फोन सजेशन आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा इस वीडियो को यहीं पर एंड करते सो लेट्स स्टार्ट बाय बाय